बॉलीवुड में कई ऐसी लव स्टोरी फिल्में डायरेक्टर की गई हैं, जिसमें त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग देखा गया है ऐसे में एक ही प्रेमी अपनी प्रेमिका को ले जाने में कामयाब हो पाता है लेकिन उसके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं होता जिसे प्यार नहीं मिल पाता ऐसे में बात करेंगे उन दस फिल्मों की जिनमें कुछ ऐसा ही हुआ तो आइये जानते हैं इन फिल्मों के बारे में फिल्म जब तक है जान में एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अकीरा का रोल प्ले किया इस दौरान उनकी मुलाकात शाहरुख खान जो कि समर के रोल में थे से हुई देखते ही देखते वह शाहरुख को चाहने लगती है लेकिन शाहरुख के मन में पहले प्यार कटरीना कैफ से बदला लेने की आग होती है अंत में कटरीना और शाहरुख के बीच सब ठीक हो जाता है और अकीरा यानी अनुष्का को अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ता है फिल्म रॉकस्टार में रणबीर कपूर ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया था फिल्म में वह एक जेजे के रोल में थे लेकिन जिसे वह फिल्म में चाहते थे उसकी मौत हो जाती है जिसके कारण वह टूटकर रॉकस्टार बन जाते हैं सुपरहिट फिल्म धड़कन से तो हर कोई वाकिफ है यह फिल्म अक्षय कुमार राम सुनील शेट्टी देव और शिल्पा शेट्टी अंजलि के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म में देव और अंजलि को बतौर प्रेमी जोड़ा दिखाया गया है लेकिन देव के अंधकारी रवैये के कारण अंजलि के पिता उसकी शादी राम से कर देते हैं लेकिन अंजलि शादी के बाद भी देर को नहीं भुला पाती है ऐसे में देव लंबे अरसे बाद अंजलि की ज़िंदगी में दोबारा दस्तक देते हैं और राम का सारा बिजनेस बर्बाद कर देते हैं लेकिन देव आखिरी वक्त तक अंजलि के प्रति राम का प्यार देख वापस चले जाते हैं फिल्म राजझन्ना की कहानी कुछ ऐसी है कि फ़िल्म में एक्टर धनुष कुंदन स्कूल के दिनों में एक्ट्रेस सोनम कपूर का पीछा करते करते उनसे प्यार का इजहार तक कर देते हैं लेकिन जब सोनम कपूर बड़ी हो जाती है तो उन्हें ये सब मजाक लगने लगता है और वह धनुष को किसी भी तरह का भाव नहीं देती है फिल्म कॉकटेल में भी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को सैफ अली खान से प्यार हो जाता है लेकिन फ़िल्म में एक्ट्रेस डायना पेंटी भी है जिस पर सैफ अली खान का दिल अटक जाता है फिल्म कॉकटेल में भी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को सैफ अली खान से प्यार हो जाता है लेकिन फिल्म में एक्ट्रेस डायना पेंटी भी है जिस पर सैफ अली खान का दिल अटक जाता है इस उधेड़बुन में दीपिका को अपने प्यार की बलि चढ़ानी पड़ जाती है किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान ने पहली बार किसी फ़िल्म में इतना दर्दनाक रोल किया है दरअसल फिल्म कल हो ना हो में भयंकर बीमारी कैंसर से पीड़ित होते हैं और वह चाहकर भी एक्ट्रेस प्रीति जिंटा नैना से शादी नहीं कर पाते हैं इसके लिए अमन शाहरुख नैना से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं और सैफ अली खान को उनके नज़दीक भेजते हैं जिससे कि वह सैफ से शादी कर ले और अंत में होता भी कुछ ऐसा ही है फिल्म बाजीराव मस्तानी भी त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग पर आधारित है फिल्म में बाजीराव रणवीर सिंह के प्यार में दीवानी काशीबाई प्रियंका चोपड़ा अपनी जान तक दे देती है लेकिन बाजीराव ने मस्तानी के चंगुल से कभी निकलने की कोशिश ही नहीं की फिल्म तनोवैड्स मनु में एक्टर जिमी शेरगिल की बड़ी बुरी हालत दिखाई गई है फिल्म के दोनों पार्ट में वह कंगना रनौत से शादी नहीं कर पाते हैं क्योंकि फ़िल्म में डॉक्टर मन्नू शर्मा का रोल करने वाले एक्टर आर माधवन बार बार उनके गले की फांस बनकर बीच में आ जाते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है तो सबने देखी ही होगी फिल्म की कहानी बड़ी पेचीदा है शाहरुख काजोल और रानी मुखर्जी के इर्द गिर्द घूमती इस फिल्म में अंत में सलमान खान एंट्री लेते हैं लेकिन शाहरुख फिल्म में पहले तो रानी मुखर्जी से शादी कर लेते हैं लेकिन रानी की इस फिल्म में मौत हो जाती है लेकिन जब कॉलेज के दिनों में अंजलि डॉट यानी काजोल शाहरुख पर दिलोजान से मरती थी तो उस समय राहुल ने कभी अंजलि के प्यार को नहीं समझा वहीं रानी की मौत के बाद अंजलि और राहुल की अचानक एक समा कैम्प पर मुलाकात होती है जहाँ शाहरुख काजोल यानी अंजलि को अपना दिल दे बैठते हैं लेकिन इससे पहले काजोल की शादी सलमान तय हो चुकी होती है मगर अंत में इमोशनल ड्रामे के बाद अंजलि की शादी भी राहुल से ही होती है और सलमान को खाली हाथ जाना पड़ता है आखिर में बात करेंगे शाहरुख खान की ही एक और फिल्म दिल तो पागल है इस फिल्म में शाहरुख के साथ साथ माधुरी और करिश्मा भी नज़र आए थे फिल्म में करिश्मा ने शाहरुख को मन ही मन चाहा था लेकिन शाहरुख फिल्म में अपने सपनों की रानी माधुरी दीक्षित के प्यार में पागल थे ऐसे में माधुरी की शादी एक्टर अक्षय कुमार के साथ तय हो जाती है और शाहरुख का दिल टूट जाता है वहीं करिश्मा भी अपने प्यार को कुर्बान कर चुकी होती है लेकिन अंत में शाहरुख की शादी माधुरी से ही होती है